क्या आप जानना चाहते हैं कि जादूगर पलक झपकते ही कार्ड को कैसे चेंज कर देते हैं? मेरा मतलब है कि पलक झपकते ही एक कार्ड को कैसे चेंज किया जा सकता है एक्चुअली इस ट्रिक को समझने के लिए जादूगर के हाथ को बहुत ही ध्यान से देखना होगा आपने गौर किया होगा कि जादूगर आपको कार्ड पलटा कर दिखाते हैं और उसी पल बहुत ही होशियारी के साथ वह एक कार्ड और अपने हाथ में ले लेते हैं और पलक झपकते ही अपने उंगलियों की सहायता ऐसी उस कार्ड को पलटा देते हैं और इस काम को करने के लिए जादूगर को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है